कृष्णा इसमें आपका स्वागत है और आज हम लोग ई 2021 के जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो ई ने जो प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखें क्या सही तरीका हो उन प्रश्नों का आंसर राइटिंग का किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड मैनर में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड तो होता ही है साथ ही साथ उसके जो उत्तर लेखन है उसके लिए हमें टेक्निक की जरूरत होती है हम केवल ज्ञान के बल पर हम उसके आंसर को नहीं लिख पाते क्योंकि जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है कि आपको 150 वर्ड में लिखना है इस और इसके लिए 10 मार्क्स है आपके पास ये फर्स्ट एक क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का और इसको मैं देख लेता हूँ एक बार ई द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग को दो बातें करनी हैं ई द नेचर और भक्ति लिटरेचर यानी भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना है और दूसरा पार्ट है कि भक्ति साहित्य का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है क्या कंट्रीब्यूशन है इसके कंट्रीब्यूशन को भी हमें देखना है यानी कि एक क्वेश्चन में ही हमें ई वैल्यूएड द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर की बात करती हैं दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के भीतर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ट है हमारे पास डेढ़ सौ शब्द है जो बहुत कम होता है शब्द अगर आप देखें तो बहुत कम शब्दों में हमें लिखना है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी पी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आपको स्किल की ज़रूरत है हाँ बिना ज्ञान का स्किल भी नहीं आता है बट अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं तो कुछ कम ज्ञान में भी आप क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं हमें ज़्यादा फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती अब इसी प्रश्न को देखिए कि जब दो बातें हम करते हैं नेचर और भक्ति लिटरेचर भक्ति साहित्य की प्रकृति और दूसरा कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर यानी भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति में क्या योगदान किया है इसका मूल्यांकन हमें करनी है राइट पहला जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि आप इसके इंट्रोडक्शन को कैसे तैयार करेंगे क्योंकि एक एक लाइन एक एक वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस स्थिति में अगर आप जीएस के पेपर को 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं तो कुछ है पार्टिकुलर वर्ड आपको रिमेम्बर रखना चाहिए क्योंकि शब्दों पर जब तक आपका बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप बेहतर आंसर नहीं कर पाते इसके लिए जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे भक्ति लिटरेचर नेचर और भक्ति लिटरेचर तो पहला जो लाइन शुरू होगा वो आपके इंट्रोडक्शन से होगा ये किसी भी क्वेश्चन में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन हमें लेनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से जब आप बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि भक्ति साहित्य एक बहुआयामी प्रकृति का साहित्य है भक्ति साहित्य एक बहुआयामी प्रकृति का साहित्य है भक्ति लिटरेचर इज ए मल्टी डाइमेंशनल लिटरेचर यानी कि यहाँ पर हम इसकी एक चीज की बात कर रहे हैं बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल ध्यान रखना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी प्रकृति मल्टी डाइमेंशनल था मल्टीडाइमेंशनल है अब ये मल्टी डाइमेंशनल जो प्रकृति है इसी की व्याख्या क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत करना है क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे इसके मल्टी डाइमेंशनल जो प्रकृति है उसके बारे में तो इससे मल्टी डायमेंशनल प्रकृति की जब व्याख्या आप करेंगे यानी ये आपका स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा ध्यान ये रखना कि किसी क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होता है बॉडी पार्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चर तो इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप ये पहला जो पॉइंट आप यहाँ पर क्रिएट करें उसमें कहें कि ये फोक लिटरेचर है फोक लिटरेचर है ना? यानी कि यह या भक्ति जो साहित्य है ये लोक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है पहला चीज लोक साहित्य फोक लिटरेचर का प्रतिनिधित्व करता है कैसी ये लोक साहित्य है एक तो आप देखिएगा कि भक्ति साहित्य का विकास से एक लंबी अवधि के दौरान भारतीय इतिहास के अंतर्गत हुआ है जो कि आप साउथ इंडिया में देखेंगे भक्ति साहित्य का विकास अलवार एवं निनार संतों के द्वारा प्रारंभ हुआ उन अलवार एवं निनार जो संत हैं उसमें कई महिलाएं भी हैं कई निम्न वर्गीय लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो साहित्य की रचना कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में जब भक्ति आती है तो यहां भी आपको वो प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है वो प्रकृति दिखाई देती है कि इसमें कई निम्नबर्गीय लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं थे स्त्रियां भी हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और वो रचना कर रही भक्ति के लिटरेचर की रचना कर रही है, रचनाकार हैं तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हमारे समझ से जब आप पॉइंट्स बनाएंगे तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहें कि भक्ति साहित्य एक लोक साहित्य है एक फोक लिटरेचर है और इस फोक लिटरेचर का विकास भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक लंबी अवधि के दौरान हुआ है राइट right? और उस लंबी अवधि के दौरान जब इसका विकास होता है तो इससे भक्ति जो लिटरेचर है ये अल्टीमेटली डेवलप होता है रीजनल लिटरेचर के रूप में ध्यान ये रखना क्षेत्रीय साहित्य ये दूसरा इसकी प्रकृति है कि इसके अंतर्गत हम रीजनल साहित्य का विकास देखते हैं क्षेत्रीय साहित्य का विकास देखते हैं अगर आप पे भारत के पूरे मानचित्र को देखें और भक्ति साहित्य के विकास को देखें उस समय तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटक अलवार और नैनार भक्ति संप्रदाय का भी विकास होता है और भक्ति साहित्य का विकास होता है गुजरात में आप आएंगे तो देखेंगे नरसी मेहता द्वारा भक्ति साहित्य की रचना की जा रही है और महाराष्ट्र में देखेंगे कि नामदेव हैं तुकाराम हैं राजस्थान में जब आप आएंगे तो मीराबाई को पाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में अगर वर्ज्य क्षेत्र में आप आएंगे तो सूरदास को पाएंगे और अवध क्षेत्र में जाएँगे तो तुलसीदास को पाएंगे और फिर बनारस की ओर जाएँगे तो कबीर को पाएंगे जिन्होंने हिंदी का विकास किया तो भाषा का विकास में तुलसीदास का योगदान होता है भाषा के विकास में योगदान आपको सूरदास का होता है कबीरदास हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मीराबाई राजस्थानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है गुरु नानक पंजाबी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में बंग्ला भाषा एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं शंकर देव अश्मी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो एक तरह से भक्ति साहित्य के अंतर्गत जो लोक साहित्य के रूप में इसका विकास तो दिखाई देता ही है लोक साहित्य की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों इसमें है उसी तरह से ये रीजनल साहित्य के रूप में भी विकसित होता है रीजनल साहित्य का इसका नेचर भी है रीजनल साहित्य को तो आप चाहें तो भारत का एक मानचित्र बना करके उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको एक दो नंबर तो बढ़ ही जाएगा उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखना है कि चूंकि ये भक्ति साहित्य हैं तो इन भक्ति साहित्य में रिलीजन यानी ये रिलीजियस लिटरेचर है राइट ये रिलीजियस लिटरेचर है क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति प्रेम भी इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट भूमिका है प्रेम की वात्सल्य की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण है तो ये जो भक्ति साहित्य हैं इसमें धर्म के साथ साथ प्रेम और वात्सल्य भी है और इन दोनों चीज़ों को भक्ति साहित्य रिफ्लेक्ट करता है तो धर्म से जुड़ा हुआ और उस धर्म का केंद्र प्रेम क्योंकि जो भक्ति साहित्य के कई जो भक्ति आंदोलन के नेता हैं जो साहित्यकार हैं वो भगवान की पूजा प्रेमी और प्रेमिका के रूप में करते हैं और स्वयं को भगवान की प्रेमिका के रूप में रिप्रजेंट करते हैं इसमें स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं यानी कि इस बात को ध्यान में रखना है कि भक्ति लिटरेचर जो है उसमें प्रेम की व्याख्या आध्यात्मिक स्वरूप में हुई है और ये प्रकृति भक्ति साहित्य में दिखाई देती है जिसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एक और चीज आप ध्यान में रखी है प्रेम भक्ति के साथ साथ रिलिजन के साथ साथ इसमें सेकुलर ट्रेंड भी दिखाई दे रहा यानी सेकुलर नेचर भी है इनका क्योंकि भक्ति साहित्य जो है ये धर्म को लेकर इस साहित्य की रचना तो की जा रही है लेकिन मनुष्य के लौकिक जीवन पर दृष्टिपात भक्ति साहित्य बड़े व्यापक पैमाने पर करता है जो कि इसकी प्रकृति के अंतर्गत ये सेकुलर नेचर भी दिखाई देता है कि लौकिकता की बात करते हैं और कई भक्ति साहित्य के साहित्यकारों ने तो धर्म की आलोचना की है जिसमें कबीर की भूमिका आप बहुत महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि कबीर किस तरह से तीखा हमला करते हैं धर्म पर इसलिए इसमें लौकिकवाद भी है और इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है कि भक्ति साहित्य में आइडलिज़म के साथ साथ रियलिज़म है ये आइडलिस्टिक भी हैं और रियलिस्टिक भी हैं तो इनकी जो नेचर है ये एक तरह से आइडियलिस्टिक तो हैं ही लेकिन रियलिस्टिक भी हैं यानी कि आदर्शवादी साहित्य हैं इसके साथ साथ ये यथार्थवादी साहित्य भी हैं तो जो मैंने आपको बताया कि भक्ति साहित्य का जो नेचर है वो बहुआयामी है आप इसको इस रूप में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति साहित्य जो है एक बहुआयामी प्रकृति का साहित्य है और इन चीज़ों को आप प्रजेंट कर सकते हैं आप चाहें तो रेखाचित्र बना सकते हैं क्योंकि लिखने का इसको बहुत कम होता है फिर हम बात करें कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है तो ध्यान ये रखना कि इस सेक्शन में जब आप आएंगे कंट्रीब्यूशन भक्ति साहित्य का भारतीय संस्कृति में कंट्रीब्यूशन योगदान क्या है तो भक्ति साहित्य का जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है क्योंकि बहुआयामी प्रकृति का है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन भी होगा वो बहुआयामी होगा जिसको एक के वर्ड अगर आप कहें तो आप कंपोजिट कल्चर के विकास में भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान कम्पोजिट कल्चर सामासिक संस्कृति अब ये बात ध्यान में रखना है कि कई लोग कम्पोजिट कल्चर का जो व्याख्या करते हैं सामासिक संस्कृति की जो व्याख्या करते हैं उसमें केवल हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास पर ज़्यादा बल देते हैं निस्संदेह भक्ति साहित्य हिंद इस्लामी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि भक्ति और सूफी जो संत हैं इनके बीच विनिमय होता है और इस विनिमय ने हिंद और इस्लामी यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच सामाजिक विनिमय का मार्ग प्रशस्त किया आदान प्रदान ये करते हैं और आदान प्रदान करने से एक ऐसा कल्चर का डेवलपमेंट होता है जिसमें इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म आपस में फ्यूज हो जाता है और भारतीयता का एक कॉन्सेप्ट भारत में डेवलप हो जाता है यानी कि भारत में जो इस्लाम है वो अरब के इस्लाम से डिफरेंट रूप में विकसित होता है हमारा खान पाव पान हमारा पहरावा हमारी ईच एंड एवरी जो आस्पेक्ट है कल्चर के वो सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं इंटरेक्ट करते हैं उसका प्रोडक्ट तैयार होता है इसमें भक्ति साहित्य की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है दूसरा केवल हिंद और इस्लामिक की बात नहीं है भक्ति साहित्य उत्तर और दक्षिण के बीच भी समन्वय का काम करता है यानी उत्तर की जो संस्कृति थी और दक्षिण की संस्कृति इसके बीच बिनिमय होता है और इस बिनमय का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तानी जो संगीत का डेवलपमेंट होता है कर्नाटक संगीत का डेवलपमेंट होता है तो उनके बीच समन्वय का प्रतिफल के रूप में दिखाई देता है और इसके अलावा जो कल्चरल आदान प्रदान पूरी भारत में दिखाई देगा जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाई या कि रीजनल लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है भक्ति साहित्य में तो ये रीजनल जो लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है उस रीजनल लिटरेचर को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जिससे हिंदु की बात करते हैं हिंदू धर्म की बात करते हैं इसका अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल इसका स्वरूप का विकास होता है एक क्षेत्रीय स्वरूप का विकास होता है इसमें और ये पूरे भारत के साथ भी समन्वय करता है और अपने क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखता है ये भक्ति साहित्य का देन है इसके अलावा अब बात करें भक्ति साहित्य का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सामाजिक के सुधार सामाजिक परिवर्तन एक प्रतिरोध की भाषा भक्ति साहित्य बनकर सामने आए थी खास करके निम्न भक्ति की जब बात करेंगे या निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो निर्गुण भक्ति जो है भारत की वर्ण व्यवस्था भारत की जाति व्यवस्था स्त्रियों की प्राधीनता के जो मसले थे इसका प्रतिरोध करता है और प्रतिरोध करके भारत में एक सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करता है यह दूसरा बात है कि वह सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट मध्यकाल में या इंसेंट पीरियड में इस तरह की बातें करना और उन बातों को करने से क्या हुआ कि जो हिंदू समाज था ये लिबरल होता है और मुसलमान जो समाज है मुस्लिम समाज है उसमें भी लिबरल धारा का विकास होता है और एक उदरवादी समाज संस्कृति का विकास भारत में होता है ये भक्ति साहित्य के माध्यम से होता है भक्ति साहित्य ने कुछ धर्मों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त किया जैसे आप देखें कि सिख धर्म का जो विकास होता है उसमें भक्ति साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अलावा हिंदू धर्म में अलग अलग जो संप्रदाय डेवलप होती है उन संप्रदायों के विकास में भी भक्ति साहित्य की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसके अलावा आप देखेंगे कि भक्ति साहित्य जो है लौकिकता पर जो बल देता है श्रम की प्रधानता को स्थापित करता है इसी भारतीय समाज में जो कामगार वर्ग है जो कलाकार वर्ग है उसको समाज में सामाजिक सम्मान दिलाने का प्रयास करता है और एक और अगर साउथ इंडिया के अगर परिपेक्ष में आप देखें तो भक्ति साहित्य मंदिर आंदोलन का सूत्रपात भी करता है जो अल्टीमेटली मंदिर जो है बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण करता किया जाता है और संसाधन मंदिरों में आते हैं और वो मंदिर एक तरह से समाज की जो व्यवस्था है उसमें दो पहलू है एक तो जो बनाए स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं जो कि उच्च वर्गीय भक्ति है या सगुण भक्ति है और एक निर्गुण भक्ति है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है तो इनके बीच की एक संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी रेखांकित करने का प्रयास करता है और इस तरह से आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और यह भक्ति आंदोलन भारत में अनेकता में एकता की जो संकल्पना है उसको स्थापित करती है और भारत में बहुसंस्कृति मल्टीकल्चरिज्म के विकास में भक्ति आंदोलन का भक्ति साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह से आप अप